लाइव ट्रेसिंग करने वाला हूं सारा चीज़ मैं यहाँ पे लाइव यहाँ पे काम करूँगा फ्रेंड तो अभी आप देख सकते हो इसमें क्या प्रॉब्लम है मैं इस प्रॉब्लम को भी डायग्नोस करूँगा जहाँ तक बात है कि यहाँ पे जो इसकी बीपीच लाइन है बी लाइन है ये सारी चीज़ को हम यहाँ पे डायग्नोस करने वाले हैं क्या चीज़ है क्या नहीं है सारी चीज़ें तो हम सबसे पहले मल्टीमीटर पर रीडिंग इसकी देखेंगे फिलहाल ये फोन डेड है और जब हम इसको डी पे लगाएंगे तो डी पे क्या रीडिंग आ रही है वो सारी चीज़ हम यहाँ पर आपको दिखाने वाले हैं तो वीडियो को लास्ट थिंग तो जरूर देखिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक और कमेंट करके जरूर बताएगा कि वीडियो आपको कैसा लगा और आप हमारे चैनल नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं सारी चीज़ें हम आपको स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे दिखाते हैं तो सबसे पहले मल्टीमीटर लेते हैं हम मल्टीमीटर से आपको यहाँ पे इसकी रीडिंग और इसको देखते हैं कि कंडीशन क्या बनती है तो चलिएगा इस मैं यहाँ पर इसकी पहले कंडीशन को चेक करा देता हूँ कि क्या पता है बैट हमारी शॉट हो ऊपर वी बैट आपको शॉट नहीं दिखाई देगी क्योंकि यहाँ पर हमारी जो बी लाइन बनती है तो चलिए सबसे पहले ये देखिए हमारी ग्राउंड है और यहाँ पर जो फर्स्ट वाली पिन है यहाँ पर रीडिंग दिखाई हमारे तो यहाँ पे प्रॉपर रीडिंग आ रही है बी बैड की रीडिंग आ रही है अब यहाँ पर आइए वापस तो देख सकते हैं यहाँ पे जो मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ मतलब यहाँ पे हमारा बी बैड शॉर्ट नहीं आ रहा है अब हम डी में लगा के देखते हैं कि डी में क्या कंडीशन बनती है तो पहले यहीं पे आइए तो देखिए ये मैं डी लगाता हूँ फ्रेंड डी सी लगाने के बाद अब हम देखते हैं कि इसमें कंडीशन क्या बनती है ओके okay है शॉर्ट है कि क्या है कुछ एमपेयर ले रहा है कि एमपेयर नहीं ले रहा है तो हम एमपे के अनुसार यहाँ पर काम करने वाले हैं ये हमारा डी मशीन है जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हो तो चलिए यहाँ पर हम लगा रहे हैं यहाँ पे दिखाइए तो जैसे ही मैं यहाँ पे फोन को लगाते हैं फ्रेंड जैसे ही मैं यहाँ पे फोन को लगाता हूँ आप यहाँ पे देखेंगे कि हमारा ये शॉर्ट बता रहा है फुल शॉर्ट यहाँ पे बता रहा है पर हमारी बी लाइन शॉर्ट नहीं थी मैं इसको निकाल दे रहा हूँ क्योंकि देखिए हमारी ये लाइन यहाँ पे शॉर्ट बता रही है मतलब बीपीएच लाइन जो है फ्रेंड यहाँ पे ये बी पी एच लाइन जो हमारी फ्रेंड है वो बी पी एच लाइन हमारी शॉट हो चुकी है जैसा कि आप देख रहे हैं तो हम इसके अब आस की शॉर्टिंग चेक करेंगे कि कहाँ पे ये शॉट आ रहा है सारी चीज़ें हम यहाँ पे चेक करने वाले हैं फिर इसमें हम इसको जो शॉर्टिंग हमारी आ रही है हमने जैसे इसमें DC में लगाया तो आपने देखा कि शॉर्टिंग यहाँ पे आ रही है तो अब इसको शॉटिंग को हम देखते हैं कि कहाँ कहाँ पर कौन सा कॉम्प्लेंट शॉर्ट आ रहा है तो मल्टीमीटर उठाएँगे और हम बीप की आवाज़ आप सुनीेगा जैसे देखिए मैंने मल्टीमीटर का प्रोव रखा हुआ है तो यहाँ पर बीप की आवाज़ आ रही है तो हम चेक करेंगे फ्रेंड कि हमारी शॉर्टिंग जो है वो कहाँ कहाँ पर आ रही है तो हम यहाँ पर देखेंगे सबसे पहले हम शॉर्टिंग को चेक करते हैं तो शॉटिंग के लिए हम देखते हैं कि कहाँ कहाँ पे। तो फ्रेंड मैं यहाँ पे आप शॉटिंग चेक करता हूँ कि कहाँ कहाँ पे हमारी शॉटिंग है तो देखिए जब हम शॉर्टिंग को चेक करते हैं फ्रेंड तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एक कैपसीटर ये शॉट आ रहा है एक कैपसीटर ये शॉट आ रहा है और यहाँ पे, पे देख सकते हैं यहाँ पे भी कुछ कॉम्प्लेंट जो है शॉर्ट आ रहा है और बाकी यहाँ पर कहीं भी कोई भी कॉम्प्लेंट शॉट नहीं आ रहा है फ्रेंड जैसा कि आप देख सकते हो यहाँ पर जो हमारा पावर सेक्टर है यहाँ पर हमारा शॉर्टिंग आ रहा है जैसे कि यहाँ पे देख सकते हो ये देख सकते हैं हमारे यहाँ पे शॉटिंग आ रहा है और भी जगह हम चेक कर सकते हैं तो देख सकते हैं यहाँ भी हमारा जो कॉयल है बूस्ट कोयल ये भी हमारा शॉर्ट आ रहा है यहाँ भी पे देख सकते हैं कैपसीटर यहाँ भी शॉट आ रहा है मतलब इस सेक्शन में और यहाँ पे हमारी शॉटिंग आ रही है जैसा आपको मैं दिखा दूं यहाँ पे कॉम्प्लेट लगा है यहाँ भी शॉट आ रहा है मतलब ये जो सेक्शन है पूरा हमारा शॉट आ रहा है अब हम इसमें रोजन अप्लाई करेंगे रोजन अप्लाई करने के बाद आपको शॉर्टिंग भी दिखाएंगे कि शॉटिंग कैसे आप फाइंड आउट करते हैं क्योंकि सेकेंडरी लाइन में शॉट है हमारी प्राइमरी लाइन में शॉर्ट नहीं है ये सेकेंडरी लाइन शॉर्ट है हमारी बीपिच लाइन शॉर्ट है बीपिच लाइन शॉर्ट को हम कैसे फाइंड आउट करते हैं सारी चीज़ें हमने यहाँ पर चेक करके दिखा है सारे कॉम्प्लेंट पर यहाँ पर शॉर्टिंग आ रही थी अब हम यहाँ पे रोजन अप्लाई करने वाले हैं रोजन अपलाई करके आपको हम सारी चीज़ यहाँ पर दिखाएंगे तो हम यहाँ पे रोजन अप्लाई कर रहे हैं फ्रेंड तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैं यहाँ पे जहाँ जहाँ हमारी शॉटिंग आ, आ रही थी हम वहाँ वहाँ पे रोजन अप्लाई करेंगे बाकी जो एक रोज़न का पेन आया था आप वो, वो मत यूज़ करिएगा जो कि काफ़ी सारे आपने रिव्यू भी देखा है जो हमारा काम आयरन से हो जाता है सारी चीज़ें तो देखिए फ्रेंड जहाँ जहाँ पर हमारी शॉटिंग आ रही थी हम वहाँ पे रोजन अप्लाई करेंगे ये आपको एक शॉटिंग की क्लास भी मिल जाएगी शॉर्टिंग वीडियो भी मिल जाएगा अब ये देखना पड़ेगा स्टेप बाय स्टेप क्योंकि हमारा ये फोन डेड है फ्रेंड मैं आपको बता दूँ डेड फोन पर हम काम कर रहे हैं ओप्पो ए फाइव ट्वेंटी बाकी ये सॉर्टिंग की शॉर्टिंग के भी सेक्शन को आप यहाँ पे ले सकते हो तो देखिए जहाँ जहाँ पे हमारा फ्रेंड आ रहा था हमने वहाँ पे फ्रेंड मैंने यहाँ पे क्या कर दिया है सारी चीज़ें यहाँ पे रोज़न को अप्लाई कर दिया है अब रोजन को अप्लाई कर दिया फ्रेंड अब एक चीज़ आपको यहाँ पर दिखाई देगा कि जहाँ पर इसकी शॉटिंग होगी वो हाईलाइट हो जाएगा तो एक शॉटिंग का फॉर्मूला भी आपको सेकेंडरी लाइन चूँकि हमारी जो पूरा यहाँ पर जैसे हमने डी को लगाया था फ्रेंड तो हमारा ये एम्पेयर कंज्यूम कर रहा था शॉर्टिंग बता रहा था तो मैं फिर से अप्लाई करूंगा और यहाँ पे आपको करके दिखाऊंगा देखिए अभी भी सब यहाँ पे व्हाइट दिखाई दे रहा है क्योंकि हमने इस पर रोजन अप्लाई कर लिया है अब यहाँ पे हम करेंगे यहाँ पे पूरा चार वोल्ट बाकी हम यहाँ पे सेकेंडरी वोल्टेज हमारे में शॉर्ट है तो हम यहाँ पे भी 1.8 अप्लाई कर सकते हैं बट अभी हम यहाँ पर चार वोल्ट इंजेक्ट कर रहे हैं सीधा बी बैट पर और देखते हैं कि कहाँ पर हमारी शॉर्टिंग वो आ रही है तो चलिए हम बैटरी कनेक्टर को लगाते हैं यहाँ पर डी पे तो जैसे ही हमने लगाया फ्रेंड आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारी जो शॉर्टिंग हुई सबसे पहले आपको एक हाईलाइट हुआ होगा मैं फिर से एक बार आप बोलेंगे तो मैं यहाँ पर दिखा दूंगा तो मैं यहाँ पे दिखाने की कोशिश करता हूँ कि यहाँ पे जो एक कॉम्प्लेन था डायोड यहाँ पे ये यह लाइट सेक्शन का हमारा डायोड है जैसे कि हमारे देख सकते हैं यहाँ पे वो हाईलाइट हो गया मतलब ये हाईलाइट हो गया पॉप अप हो गया अब हम इसको लाइव ही निकालेंगे फिर देखेंगे कि हमारा प्रॉब्लम सॉल्व होता है कि नहीं होता है तो इस कॉम्प्लेंट को हम फ्रेंड रिमूव करते हैं और आपको फिर यहाँ पर दिखाते हैं तो फ्रेंड यहाँ पे मैं इस कॉम्प्लेंट को रिमूव कर रहा हूँ जो कॉम्प्लेट हमारे यहाँ पे हिट हो रहा था उस कॉम्प्लेंट डायोड है बेसिकली लाइट का डायोड है तो हम इस डायोड कोमूव कर रहे हैं फ्रेंड तो इस डायोड को मैं लाइव ही आपके सामने काम कर रहा हूं सारी चीज़ें यहां पे जैसा कि आप देख सकते हो इस डायोड को आप रिमूव कर लेंगे बहुत इजी तरीके से कोई भी फेक वीडियो मैं नहीं बनाता हूँ अपने चैनल में जो भी है हम जेनुअन वीडियो बनाते हैं फ्रेंड अपने चैनल में कोई भी फेक वीडियो हम अपने चैनल में नहीं बनाते तो इस डायवेट को हम रिमूव करते हैं येजिकली exactly. इस डायउट को हमने रिमूव कर दिया इजिली अब उसके बाद थोड़ा सा पी सी बी को ठंडा होने देंगे और उसके बाद क्लीन करेंगे और उसके बाद देखेंगे कि हमारा जो प्रॉब्लम था वो सॉल्व हुआ कि नहीं हुआ नहीं हुआ तो फिर हम आगे बढ़ेंगे और बाकी यहाँ पे आप शॉर्टिंग की क्लास भी देख सकते हो कि शॉर्टिंग हमने कैसे रिमूव किया शॉर्टिंग हमने सेकेंड्री लाइन को कैसे फाइंड आउट किया ये भी आपको एक पता चल जाएगा कि शॉर्टिंग सेकेंडरी लाइन को हम शॉर्टिंग कैसे रिमूव करते हैं तो बेसिकली अब इसको हम करेंगे क्लीन यहाँ पर हम क्लीन करेंगे इसको और क्लीन करने फिर से चेक करेंगे ये देख सकते हैं हमने यहाँ पे डायोड को निकाल कर रखा हुआ है ये डायोड अगर आपको दिखाई दे यहाँ पे अब फिर से हम इसको डीसी में कनेक्ट करेंगे और देखेंगे कि क्या कंडीशन बन रही है कि शॉर्टिंग हमारी गई कि नहीं गई क्योंकि ये लाइट का डायोड है यहाँ पे आपको मैं दिखाने की कोशिश करूँ ये डायोड है लाइट का ये डायोड है यहाँ पे इस लाइट को डायोड को आपको लाइट डायोड को चेंज ही करना पड़ेगा तब जाके आपका लाइट सेक्शन भी ओके होगा नहीं तो लाइट सेक्शन भी नहीं आएगा तो चलिए हम फटाक से डीसी से फिर से कनेक्ट करते हैं फ्रेंड और ये देखिए मैंने डीसी को लगाया और यहाँ पे देख सकते हैं अभी भी हमारी कंज्यूम ले रही है देख सकते हैं यहाँ पे अभी भी हमारा सॉर्टिंग बता रहा है यहाँ पे तो फिर से एक बार हम रोज़न अप्लाई करेंगे और यहाँ पे आ, देख सकते हैं फिर से चलिए ठीक है मैं फिर से दिखाता हूँ फिर से हमारी यहाँ पर कंज्यूम हो रही है तो यहाँ पर हम फिर से क्या करेंगे फ्रेंड यहाँ पर थोड़ा सा रोज़न और अप्लाई करेंगे और देखेंगे कि हमारी कहाँ पर और भी शॉटिंग है आगे तो चलिए हम से फिर से रोज़न अप्लाई कर देते हैं हमने यहीं पे फिर से अप्लाई कर रहे हैं रोजाना अप्लाई कर रहे हैं और बी बैट पे फिर से रखेंगे और देखेंगे क्या एक्चुअल में प्रॉब्लम क्या है क्योंकि एक डेड फोन है और डेड फोन पे हम लाइव ही काम कर रहे हैं ऐसा कुछ भी नहीं है फ्रेंड की कोई भी फेक वीडियो है जो भी है जेनुन वीडियो है मैं आपके सामने जेनविन वीडियो ही लाता हूँ ये मैंने लगा दिया यहाँ पर तो फिर से अप्लाई करते हैं फ्रेंड इसके बाद लगता है हमारी जो पीएमआई है वो हो सकती है शॉर्ट ये देख सकते हैं उसके बाद आप देख रहे हैं तुरंत हाईलाइट हो रही है हमारी जो पीएमआई है फ्रेंड इस लाइट डायो, लाइट डायोड को भी हम चेक कर लेंगे कि शॉर्ट है कि नहीं है हमने उस पे पर साइड रखा है यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारी जो पी है वो भी हिट हो रही है जैसे हमने यहाँ पे चार बोर्ड को अप्लाई किया है वैसे हमारी पी हिट हो रही है मतलब हमारी जो पी है वो भी हमारी शॉर्ट है तो हम इसको बेसिकली निकालेंगे और उसके बाद फिर से चेक करेंगे कि हमारी शॉर्टिंग जाती है कि नहीं जाती है तो चलिए हम इस पीएमआई को भी रिमूव कर देते हैं फ्रेंड और देखते हैं कि हमारा शॉर्टिंग जाता है कि नहीं डाइवर्ट के बाद वो ना ही तो फ्रेंड हमने इसको निकाल दिया है बेसिकली अब इसके बाद क्लीन करके ये चेक करेंगे कि इसकी शॉर्टिंग रिमूव हुई कि नहीं हुई शॉर्टिंग गई कि नहीं क्योंकि आप यहाँ पे देख सकते हो हमने इसका ये डायोड और ये यहाँ पे दोनों ही कॉम्प्रेंट को हमने निकाल के रखा हुआ है बेसिकली दोनों ही डायोड को जो हमारी शॉर्टिंग आ रही थी दोनों डायोड को हमने निकाल दिया इसको क्लीन करेंगे और फिर चेक करेंगे कि हमारी जो शॉर्टिंग थी वो रिमूव हुई कि नहीं हुई फ्रेंड तो चेक कर लेते हैं बेसिकली ये जो शॉटिंग है हमारी शॉटिंग देख लेते हैं हमारी शॉर्टिंग रिमूव हुई कि नहीं हुई तो चलिए फिर से डीसी लगाएंगे और डीसी में आप दिखाइएगा कि हमारी जो सॉर्टिंग थी वो क्लियर हुई कि नहीं थोड़ा सा हीट है हाँ फिर डीसी में दिखाइएगा तो तो फ्रेंड ये हमने पीएमआई को निकाल दिया है अब हम फिर से लगाएंगे और डी की रीडिंग चेक करेंगे कि जो हमारी सेकेंडरी लाइन शॉर्ट आ रही थी वो एक्चुअल में शॉट आ रही कि नहीं आ रही तो चलिए हम यहाँ पे लगाते हैं यहाँ पे और ये देख सकते हैं हमने यहाँ पे अभी नहीं लगाया ये देख सकते हैं लगा दिया यहाँ पे कोई भी रीडिंग कंज्यूम अब नहीं कर रहा है तो बेसिकली जो हमारा शॉर्ट था जो फाइनली इसका जो रिज़ल्ट था फ्रेंड यहाँ पे हमारी जो एक डायोड और यहाँ पे एक हमारी PMI एम शॉर्ट थी जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो तो इस PMI और इस डायोड को इधर दिखाइएगा मतलब फाइनली रिज़ल्ट ये निकला कि हमारा जो सेकेंडरी लाइन शॉर्ट था मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ तो ये हमारा जो पी है और हमारा जो डायोड था हम इसको चेंज करेंगे तो हमारा ये फ़ोन ऑन हो जाएगा क्योंकि जो शॉर्टिंग थी अब हमारी कोई भी शॉर्टिंग नहीं आ रही है हमने पे डीसी में लगा के आपको दिखाया तो आइए भी वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज लाइक और कमेंट करके जरूर बताइएगा मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में थैंक यू सो मच